इंदौर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कोकिलाबेन धीरू भाई अम्बानी अस्पताल का लोकार्पण किया और कहा इन डॉक्टरों के ही वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं उन्होंने कहा हमारे डॉक्टर इतने काबिल हैं कि मैं कभी इलाज करवाने विदेश नहीं जाऊंगा इस दौरान अस्पताल के चेयरमैन टीना अम्बानी अनिल अम्बानी और जया बच्चन भी मौजूद रहे इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अम्बानी अस्पताल का लोकार्पण करने आए मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अमिताभ बच्चन ने कहा की इंदौर आकर मुझे आनंद आ रहा है यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर भी बने अमिताभ ने आगे कहा कि अस्पताल के उद्घाटन के लिए बहुत सही आदमी को चुना गया है 1950 से अभी तक शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इतने अस्पताल देखे होंगे इन डॉक्टरों की वजह से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ इंदौर शहर को घोषित किया है की कि वो सबसे स्वच्छ शहर है भारत वर्ष में। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूँ इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर भी भारत का बने धन्यवाद। वही कोकिलाई अंबानी अस्पताल के चेयरमैन टीना अंबानी ने कहा कि इंदौर में निपानिया में हमारा नया अस्पताल भी यहां आने वाले हर मरीज को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करेगा और इस तरह यह अस्पताल इंदौर शहर और आसपास के तरीके को बदल देगा उन्होंने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा की देश की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर भविष्य की उड़ान को तैयार है ये न्यू इंडिया का सही उदाहरण है अंबानी इस दौरान अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों के नाम और उनके योगदान को लेकर भावुक भी हुई मच ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी एंड आवर लविंग मदर एंड आवर इंस्पिरेशन श्रीमती कोखिलाबेन धीरू भाई अंबानी आई रियली मिस सर आई वाज लुकिंग फॉर टू है Friends, it is an honor for me to be here today. I was in Indore a couple of months ago for the soft opening of this hospital. I returned to Mumbai marveling at this beautiful and clean city and warmth of its people. My time in Indore showed me how ready the city is to take on the future. It's smart, it's eco-friendly, and a true example of the new India that we would all like to see. CareEdge is a perfect fit for this city as we benchmark ourselves not just at the best in the country but the world indeed our healthcare journey has spanned close to 15 years it's a very very much moment it has been both a rewarding and a humbling experience as we navigate this course for me personally Me समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया लेकिन जब भी इंदौर आऊंगा कोकिलाबेन अस्पताल जरूर आऊंगा उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि अस्पताल में कई जटिल ऑपरेशन भी आसानी से किए जाएंगे खासकर रोबोटिक सर्जरी को लेकर अस्पताल में बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। अब प्रदेश के लोगों को बेहतर इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा वहीं उन्होंने अस्पताल का लोकार्पण करने आए अमिताभ बच्चन का स्वागत करते हुए कहा कि आप हमारे मध्य प्रदेश के दामाद है मध्य प्रदेश के भोपाल की बेटी श्रीमती जया बच्चन जी राजेश मेहता जी कोकला बेन अंबानी हॉस्पिटल सबसे पहले तो आदरणीय श्रीमती कोकला अंबानी जी मैं उनको प्रणाम करता हूं। और हॉस्पिटल और बीसीम ग्रुप की कर्म टीम बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले माफी मांगता हूं। मुझे वर्चुअली नहीं एक्चुअली जुड़ना था लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने के कारण मुझे यहाँ दिल्ली आना पड़ा और अभी बैठक समाप्त होते ही मैं बाहर निकला हूं और कार से ही मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मतलब